एवरीवन आप सबको फिर से एक बार एक नए वीडियो में दोस्तों स्वागत है दोस्तों आज का डेट में दोस्तों, Chrome, आप जानते हो कि यूट्यूब का एबसेंट आप क्रोम से ही कर सकते हो और आप कोई भी वेबसाइट को आप क्रोम से ही आप सर्च करके कर आप उसे भी कर सकते हो दोस्तों दोस्तों हर एक बंदा दोस्तों क्रोम को ही यूज करता है तो दोस्तों क्रम में एक प्रॉब्लम आ चुका है दोस्तों आप दोस्तों उस प्रॉब्लम को जान लो उसके बाद आप क्रम को यूज़ करना दोस्तों दोस्तों आज के डेट दोस्तो, में दोस्तों एक प्रॉब्लम देखने के लिए मैं दोस्तों उस प्रॉब्लम में जीरो डेहाइट्रेट नाम का एक हैक देखने के लिए मिला दोस्तों दोस्तों फिलहाल दोस्तों अभी क्रम का जो कंपनी है दोस्तों एक पोस्ट क्या था कि दोस्तों इस अपडेट से आप कुछ दिन के लिए दोस्तों क्रम से दूर ही रहिए दोस्तों जब तक का जो का जो कंपनी है दोस्तों इस प्रॉब्लम सलूशन निकल नहीं लेते दोस्तों दोस्तों उस तक दोस्तो को आप सावधानी से चलाएं दोस्तों नहीं तो आपका पर्सनल डाटा भी चोरी हो सकता है दोस्तों तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों